शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आय शरण हारे क्या ऐसा विशाल बैठे हो छाए माथे चंद्र विराजे विराजेशल प्रवाह पा तले गां तुंग मत, मत, मत, मन, बट, चकार चंड तांडवं तुम शिव शिव